सिंगरौली की नवगठित नगर परिषद सरई और बरगवा में चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं सरई में चुनाव परिणाम चौंकाने वाले आए हैं जहां जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है लोकल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छह सीट हासिल हुई है वहीं बीजेपी और कांग्रेस को दो दो सीटें ही मिली है निर्दलीय उम्मीदवारों ने पांच सीट पर जीत हासिल की है बरगावा में आम आदमी पार्टी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है सिंगरौली में नगर परिषद सरई और बरगावा का परिणाम कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही झटके देने वाला है कांग्रेस और बीजेपी ने दो दो सीटें पर कब्जा किया है जबकि लोकल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने छह और निर्दलीय उम्मीदवारों ने पांच सीट जीती है युवा नेता प्रेम सिंह भाटी ने जेल से चुनाव लड़कर जीत हासिल की है मारपीट के एक मामले में प्रेम सिंह जेल में है भाजपा से रमापति जायसवाल ने जीत दर्ज की है अब पंदा के इस परिषद में किस दल का अध्यक्ष होगा यह देखने वाली बात होगी देवसर विधायक सुभाष वर्मा के विधानसभा से भाजपा ने अच्छी जीत दर्ज करते हुए सीट जीती है, वहीं कांग्रेस मात्र एक सीट ही पा सकी है बरगवा महापौर का पुश्तैनी घर है यहां से आम आदमी पार्टी को पांच सीटें मिली है तीन सीटों पर निर्दलीय जीते हैं चर्चित सीट वार्ड आठ से महापौर रानी अग्रवाल की बहु रितु अग्रवाल ने जीत दर्ज की है इस तरह से सराय में गोंडवाना पार्टी ने अपने आदिवासी नृत्य कर खुशी मनाई वहीं वरगावा में भाजपा और आप नेताओं में जश्न है सामने हम लोगों का और अपने में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी मतदाताओं को जो हमको अपना मत का उपयोग करके हमको जिताने का श्रेय दिया मैं सबको प्रणाम करता हूं और उनका वंदन अभिनंदन करता हूं जैसा कि आपने पूछा कि यहाँ गौंडवाना गणतंत्र पार्टी पाँच सीट जीत के आई है ये हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत है और गौंडवाना गणतंत्र पार्टी आने वाले समय में अपना यहाँ नगर पंचायत सराई का अध्यक्ष भी निर्दलीयों के साथ मिलकर के बनाने का हम लोग काम करेंगे चुनाव परिणाम अवश्य हमें समीक्षा करने के लिए जनादेश आए भारतीय जनता पार्टी के संबल से दो प्रत्याशी जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता जो असंतुष्ट होकर निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे उनमें से चार स्पष्ट तौर से तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के खाटी कार्यकर्ता हैं। और एक अभी नए कार्यकर्ता थे ऐसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार से ही तो सात सीट तो जीते तो हैं क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो चुनाव के समय असंतुष्ट हो सकता लेकिन परिणाम आने के बाद वो अपने परिवार के साथ ही